हेलो एवरी वन सो गुड इवनिंग वेलकम इन खाओ बनाओ नाइन्टी आप लोग के लिए एक मैं नया वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि है आप लोगों को थंबनेल से वैसे पता चल गया होगा ये है साबूदाना की खिचड़ी कैसे हम लोग बनाए फास्टिंग में कैसे बनाए और नॉर्मली भी कैसे बनाएं जब भी हम लोग को ऐसे ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होगा गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ओके चलो स्टार्ट करते हैं हाँ गाइज तो हम लोग अभी इंग्रेडिएंट आप लोगों को बताने वाले हो क्या क्या ऐड कर रहे हैं ये है सेना नमक ये नॉर्मल सॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो एज वे फास्टिंग है तो हम लोग सेना नमक यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा हाफ टीस्पून स्पून जीरा ये जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर हम लोगों को मसाले के साथ थोड़े ग्रीन चिल्लीज़ भी चाहिए रहेंगे तीन चार ग्रीन चिलीज़ हम लोग को ये सेप में काटने हैं उसके बाद स्मॉल चॉप करना जिससे टेस्ट इन्हांस हो जाए और करी लीवस हम लोग को ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप लोगों को अच्छा लगे एंड फिर हम लोग को पटेटो ऐड करना है पटेटो बहुत अच्छा मतलब आई मीन मेन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है साबुदाना खिचड़ी में तो हम लोगों को तीन से दो से तीन पटैटो हम लोग को सेम सेप में काट लेना जिससे स्मॉल सेप में काटना जिससे हम लोग जल्दी पक सकें सो so, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं पीनट्स भी मैं ऐड कर रहा हूँ ये पीनट्स मैंने नॉर्मली रोस्ट कर दिया जैसे हम लोग नॉर्मल रोस्ट करते पीनट्स सो तो रोस्टिंग पीनट्स चाहिए हम लोगों को और ये पीनट्स को हम लोगों को ग्राइंडर में ग्रिड भी करना है स्मॉल साइज़ में ये हम लोग का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है साबूदाना जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्ग्रीडियंट इसी से हम लोग की साबुदाना खिचड़ी बनने वाली है गाइस तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते मैं प्रॉपर आप लोग को बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप कैसे हम लोग को बनाना है गाइस तो हम लोग पीनट्स को ग्रिड करने के लिए रेडी है मिक्सर में गाइज़ हम लोग को ऐसे बारीक में पीनट्स को ग्रेड कर लेना है ये क्यों मैं किया हूँ क्योंकि जो हम लोग की सावधानी खिचड़ी है वो फरफरी बने थोड़ी गाइस हम लोग ने अपना कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे अभी हम लोग फॉलो करना प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ गाइस हम लोग ने हम लोग का गैस का फ्लेम हाई पे किया हुआ है अभी हम लोगों को दो टी ऑयल एड करना है ऑयल हीट होने के बाद सबसे पहले हम लोग जीरा ऐड करेंगे हमारे ऑयल में जीरा को भुनने के बाद हम लोग हमारी ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे स्लाइटली सॉटे करना है हम लोग को मिक्स करना है स्लो फ्लेम पे हम लोग को शॉर्टें करना है कड़ी पत्ती हम लोग ऐड कर रहे हैं अभी जिससे हम लोग का टेस्ट इन्हांसमेंट हो सके सॉटे होने के बाद हम लोग को हमारा आलू पटेटो ऐड करना है हम लोग ये स्लो फ्लेम पर शॉर्टे करते जाएंगे और मसाले ऐड uh, हम लोग को बाद में करना है थोड़ा अभी हम लोग इसको कुछ टाइम के लिए ढक देंगे तो हम लोग, तीन के लिए हम लोग इसको पकाएंगे। so मिनट हो चुके हैं और हमारा आलू जो है वो पक गया होगा चलो हम लोग देखते हैं कैसा होगा तो फ्लेमिंग से देख रहे हल्का-हल्का और ही करना पड़ेगा लग रहा है मुझे लेकिन तीन चार मिनट में आलू हो जाते हैं अब नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे स्टेज पे हम लोगों के मसाले ऐड करेंगे तो जैसे कि बताया था मैंने सेना नमक सबसे पहले ऐड करेंगे या नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग के घर पे रहता है वैसा तो अभी फास्टिंग का मन रहा है तो सेना नमक यूज़ किया मैंने इसके बाद मैं जीरा पाउडर ऐड करूँगा उसके बाद हम लोग धनिया पाउडर यूज़ करेंगे अभी हम लोग अच्छे से इसमें सॉटे करेंगे जिससे मसाले अच्छे से भून जाए ऑयल में इज हम लोग ने अपने मसाले को सॉर्टें कर लिया है अभी हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से ढकेंगे दो मिनट के लिए जिससे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए आलू में सो so, दो मिनट हो चुके हैं अभी हम लोग अपना फ्लेम स्लो पे ही रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारा जो आलू है वो अच्छे से पकाया नहीं तो आप लोग फ्लेमिंग देख रहे हो ये आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अभी हम लोग को आगे का प्रोसेस ये करना है हम लोग को साबुदाना अच्छे से मिक्स करना है मतलब फर, फर करना है ये कैसे भिगा के रखना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी हम लोग स्लोली मिक्स करेंगे इसको मिक्स करने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ कि साबूदाना हम लोग कैसे और कितना वाटर हम लोग को ऐड करा है जिससे हम लोगों का साबूदाना ऐसा फर, फर बने जैसे कि हम लोगों को बाहर बाजार में मिलता है हम कढ़ाई में साबूदाना ऐड कर दिया हुआ है अभी हम लोग अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जिससे अच्छा कलर और टेक्स्चर आए तो हम लोग को साबूदाना कैसे भिगा के रखना है हम लोग को एटलीस्ट कम से कम छः से सात घंटे इसको भिगा के रखना पड़ता है हम लोग अगर 200 ग्राम साबुदाना ले रहे हैं तो उसमें हम लोग को डेढ़ सौ ग्राम पानी डालना है और उसको ढक के रख देना है उसके बाद चेक करना है कि एक ऐसे दाने को फोड़ के चेक करना है कि अच्छे से ये बनाए कि नहीं तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे पनीर को हम लोग फोड़ते एकदम छूना छूर हो जाता है वैसे सेम एज इट इज़ ये ऐसे पिस जाना चाहिए तो ये इसकी ये ना मतलब आप लोग ऐसे इसको क्यों कर सकते हो अब लोग हम लोग स्लाइटली मिक्स करेंगे स्लोली स्लोली हम ए, गैस का फ्लेम स्लो ही रहेगा हम लोग को गैस का फ्लेम फास्ट नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी साबुदाना जो है वो भिगाया हुआ था तो इसको सिंपली क्या करना है भाप से पकाना है लाइक इडली जैसे इडली पकाते हैं वैसे सेम एज इट इज़ पकाना है और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम लोगों ने पीनट्स को मिक्स करके रखा था वो हम लोग को ये स्टेज पे ऐड करना है जिससे साबूदाना एक दूसरे में चिपके नहीं ऐसे फर फर बने तो हम लोग स्लाइटली इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमारे हर एक पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से ये हो जाने चाहिए मिक्स हो जाने चाहिए जिससे हम लोग का फर्क -फर साबूदाना बने सो so गाइज हम लोग ने अच्छे से मिक्स कर लिया है अपना और अभी हम लोग इसको ढक देंगे एटलीस्ट फाइव मिनट के लिए फाइस दो मिनट के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको चला लेंगे आई मीन मिक्स कर लेंगे और अच्छे से देखेंगे पका हुआ है कि नहीं सो हल्का हल्का माफ निकल रहा है और आप देख रहे हो कलर भी चेंज हो रहा है साबुदाना का नॉर्मली कलर व्हाइट रहता है आप लोग देख रहे हो एकदम परफर वर्फर बना हुआ आप लोग भी ऐसे बना सकते हो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए और ढक के रख और कोई इंग्रेडिएंट आपको ऐड नहीं करना है ओके? है सो गाइज वेट यहाँ पर टिल इंड होता है और हम लोग का साबुदाना का जो खिचड़ी है वो बिल्कुल रेडी है आप लोगों के सामने ही मैं इसको आराम से ओपन करूँगा जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसमें थोड़े बहुत वाटर है और ये अच्छी तरह हो चुका है मैं थोड़ा क्लोज़र लुक दे देता हूँ आप लोगों को कैमरा एंगल चेंज करके यह अच्छे से एकदम पक चुका है ठीक है तो आप लोगों को सेम एज इट इज ऐसे बनाना है इसको मैं टेस्ट करके भी आप लोगों को बताता हूं कि कैसा है गाइस ये अब कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसको खाऊंगा और आप लोगों को उसका टेस्ट बताऊंगी तो गाइस तो तो मेरा साबूदाना का तीसरा ओवर रेडी है अभी मैं इसे फ्राई कर लूंगा और आप लोगों को बताऊंगा मैं दही के साथ खा रहा हूं इसको आप लोग नॉर्मल ऐसे खा सकते हो या नींबू के साथ खा सकते हो तो मैं genuino आपको टेस्ट बताऊंगा कोई स्नैप देगा वार्निंग आलू हैं अच्छे से पक गए हैं जितने मसाले हैं अच्छा टेस्ट आ रहा है और जो साबूदाना है वो भी अच्छे से पक गया है तो ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा है आप लोग तो भी ट्राई कीजिए और तो घर पे बनाइए और हम लोग को बताइए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि कैसा बना हुआ है ओके टेक केयर बाय बाय